तो सर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था सर इस चैप्टर के अंदर एक ये टॉपिक है कंप्लीट अगले पड़ाव पे आ गए हैं कौन सा बिजनेस परचेज सर टिक कर लेते हैं इसपे अरे टिक अब अगला बिजनेस परचेज बिजनेस परचेज और सर ये इतना इंटरेस्टिंग है ना बिजनेस परचेज पे तो आपके 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में जो आपका एमेलगमिशन एक चैप्टर है वो भी बिजनेस परचेज ही है होल्डिंग जो है वो भी बिजनेस परचेज ही है यह तीस नंबर का सवाल पूछा जाएगा इसमें इशू प्राइस 10 परसेंट प्रीमियम पे था तो 11 हो गया था ईशा दस रुपए वाला शेयर 10 परसेंट प्रीमियम यानी फेस वैल्यू में प्रीमियम को एड ऑन कर देंगे ठीक है अब सर बिजनेस परचेस का डेफिनेशन बताओ आप देखना एग्जांपल मैं आपको एक बिजनेस की कहानी बता रहा हूं पुरानी बैलेंस शीट्स के थ्रू ये थोड़ा हमें जल्दी समझ में आता है चलिए मैंने लिखा यहां सर मैंने यहां लिखा बैलेंस शीट और यू you नो know ये लाइबिलिटी होता है और ये एसेट होता है और ये बैलेंस शीट है पीक्यूआर लिमिटेड की पीक्यूआर लिमिटेड की बैलेंस शीट है ये सर पीक्यूआर लिमिटेड की बैलेंस शीट है ये यस yes, सर अब इस बैलेंस शीट के अंदर का बता देता हूं शेयर कैपिटल दो लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस तीन लाख रुपए क्रेडिटर क्रेडिटर पांच लाख रुपए बैलेंस शीट का टोटल दस लाख रुपये तो सर इधर भी कितना आएगा दस लाख रुपये यहां क्या क्या जानकारी है सुन लो सर बिल्डिंग बिल्डिंग पांच लाख रुपए, टेटर एक लाख रुपए कैश पचास हजार रुपये फर्नीचर तीन लाख रुपए। ये आपके पास जानकारी है। अभी कितने हो गए सर अभी भी पचास हजार की कमी पड़ रही है बैंक डाल देते हैं बैंक पचास हजार अब हुआ ये कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला है जो कि पहले से ही किसी ना किसी कंपनी का ऑनर है सर ये किस कंपनी का ऑनर है बता देते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड का इसने फैसला किया कि यह इस कंपनी को परचेज करेगा तो कंपनी को परचेज करने का मतलब यह है कि उस कंपनी की आपको एसेट्स और लाइबिलिटी ले लेना है अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटी किसी भी कंपनी का ले लिया तो माना जाएगा आपने कंपनी को परचेज कर लिया है तो सर इस कंपनी को खरीदेगा तो एसेट्स और लाइबिलिटी लेकिन एक बात ध्यान रखना है सर कि एसेट्स और लाइबिलिटी को खरीदते टाइम पे ये दोनों पार्ट शेयर कैपिटल और रिजर्व एस सरस एसेट्स लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एस सरप्लस लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं होता है यानी जब ये खरीदेगा इस कंपनी को तो इसके सारे एसेट्स ले लेगा और लाइबिलिटी में इन दोनों के अलावा लेगा मान लो अगर डिबेंचर होता तो डिबेंचर भी ले लेता एनी लाइबिलिटी creditor outstanding debenture bank loan bank overdraft कोई भी होगा सब लेगा ये लेने का मतलब इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी इसमें से बस ये दोनों उठ के चले जाएंगे भाई मालिक गायब हो जाएगा इस इस जगह पे कौन बैठ जाएगा आके ये बैठ जाएगा हो जाएगा इसका बिजनेस तो भैया ये इस बिजनेस को खरीदने की बात कर रहा है बड़ी बड़ी बातें तो अब ये बिजनेस को खरीदेगा तो पहले पैसा तय करके बताएगा कि भाई मैं तेरे को कितने का खरीदूंगा एक पर्टिकुलर अमाउंट तय करके बताएगा और जो अमाउंट तय करके बताएगा उसको बोला जाएगा कि इसने इस कंपनी को उतने रुपए में खरीद लिया और इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाएगा परचेस कंसीडरेशन इतना है तो परचेस कंसीडरेशन मतलब जितने का इसका खरीद लिया सारा कंपनी उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन आप सिंपल सा क्योंकि परचेज कंसीडरेशन एक टेक्निकल वर्ड है तो बच्चे उलझ जाते हैं सर ये परचेज कंसिडरेशन नहीं आ रहा भाई सिंपल सी बात है आप सब्जी लेने भी जाते हो आलू खरीद के लाते हो दस रुपए किलो आलू है दस रुपए दिया दस रुपए कंसिडरेशन यानी जितने का सामान आप खरीद रहे हो उसके बदले जो पेमेंट देने के लिए आप तैयार हो उसे क्या बोलेंगे परचेज तो सर यहां परेशन के दो तीन ऑप्शन बोल देता हूं पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन ये बोलता है मैं आपको छ लाख का छह लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा दूसरा ऑप्शन कहता है मैं आपको पचास हजार टेन रुपीस ईच इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा तीसरा ऑप्शन बनता है मैं आपको पचपन हजारचपन हजार पचास तो नहीं कहते इसको चालीस हजार कर देते हैं और इसको कर देते हैं पैंतालीस हजार पैतालीस हजार टेन रुपीस ईच वाला इक्विटी शेयर और सात के साथ रुपए मैं दूंगा आपको कैश। यानी ये इसकी बातें हैं जो बोल सकता है इससे. बोल सकता सकता है है इससे। भैया तू इतना पैसा ले ले या फिर बोल सकता है ये वाला पैसा ले ले या बोल सकता है पैसा प्लस कैश ले ले और बदले में मैं इसे क्या दूंगा इक्विटी शेयर अभी जितने भी इक्विटी शेयर है वो किस पे एट पार पे केस नंबर चार देखो इसके अंदर हम जितना भी करने वाले हैं ना इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा कभी भी मैं सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब पॉइंट करा देता हूं मैंने कहा मैं आपको 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल देने वाला हूं एट 10 परसेंट प्रीमियम पे ठीक है तो भैया सबसे बेसिक सी बात है हम इसके बिजनेस को खरीद रहे हैं तो पहला केस हम इसके बिजनेस को खरीदने का मतलब सारा एसेट्स खरीदेंगे तो सारा एसेट डेबिट कर देंगे यानी सर बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्या कैश भी खरीद लेंगे हा फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैंक भी खरीदने की चीज है बिल्कुल वो भी ले लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इसका लाइबिलिटी भी लेंगे क्रेडिटर भी ले लेंगे बदले में इसको परचेज कंसिडरेशन देना है तो या तो मैं यहां पे शब्द यूज करूंगा वेंडर या मैं यूज करूंगा परचेज कंसिडरेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीसी भी बोल देते हैं अब आप एक बात सिंपल सी बात है आपको जब किसी कंपनी को खरीदोगे ना तो आपको तीन बातें हो सकती है पॉसिबल या तो आपको होगा प्रॉफिट उस कंपनी को आपने सस्ते में खरीद लिया या होगा ज्यादा महंगा खरीद लिया कंपनी को या नो प्रॉफिट नो लॉस अगर किसी कंपनी को सस्ते में खरीदोगे तो जो प्रॉफिट होगा ना उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व मानेंगे अगर उस कंपनी को हमने महंगे में खरीदा तो क्यों खरीदा महंगे में ताकि हम पता है उस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है तो उसको गुडविल मानेंगे और जब सेम रेट पे खरीदेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे तो यहां पर हम देखते हैं सर अमाउंट लिख के कितने हैं पांच लाख एक लाख पचास हजार तीन लाख और पचास हजार ट्रेडिटर पांच लाख हमने बोला प्रॉमिस की आपको छह लाख का इक्विटी शेयर देंगे तो दैट इज छह लाख अब आप ध्यान पूर्वक देखिए एकदम ध्यान से देखिए दोनों साइड मैच ही नहीं हो रहा यानी सर इसका बैलेंस ना इधर ग्यारह है और इधर दस है डिफरेंस है ना वो डेबिट में निकल रहा है तो जो डिफरेंस होगा हमने यानी महंगा खरीद लिया तो क्या क्यों खरीदा होगा गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और सर कितने रुपए का एक लाख रुपए का अगली एंट्री क्या करेंगे वेंडर या फिर पीसी टू इक्विटी शेयर कैपिटल देट सेट खत्म जी खत्म ये पहला केस कंप्लीट सर बीइंग क्या लिखेंगे बीइंग लिखेंगे एसेट्स एक्वायर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ये रहेगा बीइंग और इसमें शेयर इश्यू टू वेंडर किसी बच्चे को कोई समस्या सर कैश बैंक का सिस्टम समझ नहीं आया भाई इसके अंदर से बस हम मालिक को हटा देंगे भाई तू निकल जा बाकी बिजनेस मेरा है तो पहले ये था PQR क्यू लिमिटेड में और इसका बैंक खाता भी था PQR क्यू लिमिटेड में अब इसके बैंक खाते पे नाम बदल के कर देंगे XYZ वाई लिमिटेड तो बैंक तो मेरा ही हो गया ना और उस कैश पे भी पूरा पूरा मेरा अधिकार हो जाएगा फिर बच्चे कह रहे हैं सर ग्यारह लाख नहीं आएगा टोटल करिए पांच छ और इधर का टोटल दस लाख नहीं है क्या छे छस लाख और इधर ग्यारह इधर देखो ना ग्यारह आ रहा है क्रेडिट क्रेडिट ग्यारह और इधर एक का कम पड़ गया तो ये बैलेंसिंग फिगर है चलिए यहां तक समझ में आई बात अगले पॉइंट पे चले पॉइंट नंबर टू अगर आप चालीस हजार शेयर दे दो तो क्या होगा तो भैया चालीस हजार शेयर देके देख लेते हैं केस नंबर टू अगर आप ना चालीस हजार शेयर देते हो ना तो एंट्री पता क्या होगा पहले सारे एसेट्स और लाइबिलिटी लेंगे यानी सर ये वाली जो एंट्री है ना पहले ये वाली एंट्री तो करना ही पड़ेगा यह एंट्री तो हर हाल में हर हाल में करना पड़ेगा आ जाएगा यहां ओहो स नंबर टू तो पहले तो जब एसेट्स खरीदा तो इसी वैल्यू पे खरीदेंगे अब जब टोटल करेंगे ना तो बस फर्क इतना रहेगा इसको जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना आ जाएगा आपका फोर इंटू टेन यानी तो यहां पे पाया जाएगा कि ये दोनों डिफरेंस आ रहा है सर कहां डिफरेंस आ रहा है तो अब देखोगे इसका डिफरेंस जो है वो कहा आ गया क्रेडिट में तो जब क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो मैच कर देंगे किससे सर टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व और ये लो आ गया एक लाख अगली एंट्री वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया यानी सर दूसरे एग्जांपल में मैंने इसको चार लाख में ही खरीद लिया और पांच लाख की कंपनियां देखी जाए तो सारे एसेट्स दस का पांच का कर्जा भी पेड कर देंगे तो पांच की वर्थ रखता है लेकिन मैंने कितने का पेमेंट कर दिया सिर्फ चार लाख का तो इसका मतलब सर हमारा हो गया फायदा और जो फायदा होगा वो रेगुलर नेचर का नहीं है वो होगा कैपिटल नेचर का तो इसलिए जाएगा कैपिटल रिजर्व में सर वेंडर का वैल्यू गिवन होगा हमेशा बिल्कुल हमेशा गिवन होगा या मैंने देखो यहां वेंडर का वैल्यू नहीं बता के नंबर ऑफ शेयर बता दिया तो वो आपको समझना होगा वेंडर का वैल्यू हमेशा गिवन होगा वो समझना होगा चलिए केस नंबर थ्री यहां करेंगे केस नंबर थ्री सर केस नंबर थ्री कैसे होगा देख लो क्या कहता है कि हम देंगे आपको 45,000 शेयर और 20,000 नगद तो हिसाब किताब लगाएं तो 45,000 शेयर ₹10 का एक तो साढ़े चार लाख और 20,000 नगद मतलब इसको पेमेंट पड़ेगा चार लाख सत्तर हजार ठीक है ना तो सारे एसेट्स को खरीद लेते हैं सर कौन कौन से एसेट्स खरीदोगे इसके सब कुछ नहीं खराब हो जाएगा सारे एसेट्स खरीद लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू वेंडर और टू बस अमाउंट लिखो पांच लाख पचास हजार एक लाख तीन लाख और पचास हजार पांच लाख और वेंडर को वादा किया है कि मैं आपको दूंगा कितने चार लाख सत्तर हजार तो चार सत्तर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है सर चार सत्तर कैसे आया कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है तो भैया मैंने प्रॉमिस किया मैंने प्रॉमिस किया क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैंतालीस हजार शेयर दूंगा दस वाले तो मतलब चार के शेयर हो गए और 20,000 हजार नकद दूंगा तो दैट इज 470 ही तो हो गए तो अब डिफरेंस जो है अभी स्टिल क्रेडिट में आ रहा है तो किससे मैच करेंगे कैपिटल रिजर्व 30,000 किससे मैच कर देंगे कैपिटल रिजर्व 30,000 अगली एंट्री क्या करेंगे सर वेंडर अकाउंट डेबिट और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल और टू okay. कैश सर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो साढ़े चार लाख ही जाएगा और यहां बीस हजार और यहां चार लाख लीजिए जी केस नंबर तीन भी डन केस नंबर चार कर लिया जाए केस नंबर चार भाई थोड़ा ध्यान से नोट करना मिक्स हो सकता है केस नंबर चार चौथे केस में ये अब देखा जाए चौथा केस कहता है भैया मैं तुझे पचास हजार इक्विटी दूंगा दस परसेंट प्रीमियम पे मतलब मैं तुझे 50,000 इक्विटी दूंगा 10 परसेंट प्रीमियम पे तो मतलब सीधी सीधी सी बात है तुझे 5 लाख ,00, 50,000 का सामान दूंगा मैं तो यहां पे जो वेंडर में आ जाएगा वो आ जाएगा 5 लाख यानी 50,000 का फेस वैल्यू और 10 परसेंट यानी 10,000 का यहां पे नंबर नहीं निकालना आपको प्रीमियम वाले केस में पुराने वाले में आपको निकालना पड़ेगा यहां तो दे ही रखा है नंबर पहले से ही दे रखा है अब यहां पे फर्क देखोगे ना तो डेबिट में आएगा दैट इज आप मैच करोगे आप चेक करोगे तो यहां पचास हजार का फर्क आएगा वो गुडविल होगा समझ में आई बात आपको अगली एंट्री कौन सी होगी बेसिक वाली एंट्री सर अगली एंट्री कौन सी होगी मैं यहां पे कर देता हूं वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट आ जाएगा यहां पे पांच पचास पांच लाख और पचास हजार लीजिए जी लीजिए सर कैपिटल रिजर्व कैसे आ गया सर कैपिटल रिजर्व क्यों किया आप किसी कंपनी को सस्ते में खरीदोगे तो फायदा हो गया और जो प्रॉफिट आपका रेगुलर रूटीन नेचर का नहीं होता उसको कैपिटल रिजर्व में ही डाला जाता है और जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वहां लिखा जाता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना कर रहे हैं और ये रेगुलर नेचर का भी नहीं है तो इसलिए कैपिटल रिजर्व में चला गया मतलब सस्ते में खरीद लिया ना मैंने उस कंपनी को तो फायदा हो गया तो फायदा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा हमारे दो केस खत्म दो केस खत्म सर ये लीजिए ये भी डन टिक मार दो अरे ये भी डन टिक मार दो प्रमोटर अंडर वाला यहीं करूंगा मैं जगह है तो यही कर लेते हैं या आगे करें आगे करते हैं। नहीं तो फिर ना बच्चों को नोटिंग करने में बड़ी समस्या आती है आज भाई पीडीएफ आया था क्या नाम है अंडर राइटर समझते हैं बात को अंडर राइटर कौन होता है भाई साहब अंडर राइटर कौन होता है अब ना हमारे एक कंपनी है XYZ वाई लिमिटेड और XYZ वाई लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे इशू करेंगे पांच लाख शेयर एट देट टेन रुपीस ईच मतलब सर रूपी के टर्म्स में देखा जाए तो 50 लाख रुपए का हम क्या करेंगे शेयर इशू करेंगे और भाई ये कंपनी जो भी शेयर वगैरह इशू करती है ना वो किसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से करती है किसका रूल फॉलो करती है कंपनी एक्ट 13 और कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90 परसेंट होना चाहिए सर 90 परसेंट मतलब आपका 50 लाख का आप इशू कर रहे हो तो इसका 90 परसेंट मतलब आपको 45 लाख रुपए तो हर हाल में बेचना ही बेचना है या 45 लाख रुपए हर हाल में रिसीव करना है कुछ भी हो जाए अगर आपने 44 लाख निन्यानवे रुपए भी रिसीव किया तो आपकी कंपनी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप शेयर को इशू करिए यानी मिनिमम बाउंडेशन अब भाई अगर नई कंपनी है तो कहां से बेचेगी कोई नई कंपनी आ जाए आपके सामने मान लेते हैं आ गया बिल्लू लिमिटेड आप कहा से खरीदोगे उसके शेयर पता ही नहीं भाई कौन सी कंपनी नहीं है तो ऐसे क्या करे बिल्लू लिमिटेड इस बार आई फिर बेची नहीं खरीदा लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक भी नहीं बिकेगा मान लेते हैं फिफ्टी परसेंट सब्सक्राइब हुआ जिसमें मैंने भी पैसे लगाए कुछ दिनों बाद कंपनी का नोटिसफिकेशन आता है कि हमारे 90 परसेंट सब्सक्राइब ना होने की वजह से आपको शेयर नहीं दिए जा रहे हैं, आपके पैसे वापसी कर रहे हैं मैंने बोला ओहो पैसे तो वापसी कर दिए क्या करें फिर दोबारा एक कंपनी आई टिल्लू लिमिटेड मैंने क्या कहा कि भाई टिल्लू लिमिटेड में पैसा लगाया जाए उसमें पैसा लगाया उस कंपनी का 70% शेयर सब्सक्राइब हुआ जब 70% शेयर सब्सक्राइब हुआ कुछ दिनों बाद फिर नोटिफिकेशन आया कि भैया इस कंपनी का शेयर आपको नहीं मिल सकते तो इस तरीके से मैंने दो कंपनी में लगाया तो कहीं ना कहीं मेरा फेथ हट गया यार शेयर लगाओ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों बैंक से पैसे निकाल के उधर डाल लो उधर से इतने दिन बाद इधर आएगा तो मेरा ट्रस्ट लूज हो जाएगा तो इसके लिए लॉ मेकर ने बोला कि भैया आप ना कंपनी का अगर अनसब्सक्राइब होता है ना तो कंपनी आपका नुकसान नहीं है मार्केट में सभी कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि एक कंपनी के ऊपर से भरोसा उठने का मतलब है सारी कंपनी से भरोसा उठ जाना कि भाई इसका भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है तो बार बार यही हो रहा है तो इसके देख के लिए हमारा आता है सेवी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सेबी कहता है भाई ऐसे बार बार नहीं चलेगा ऐसे तो बदनामी हो रही है कंपनी एक्ट की भी बदनामी हो रही है उसने बोला कि भाई तू ना एक ऐसा बंदा ले ले पकड़ ले एक ऐसा व्यक्ति ले ले जो तेरे शेयर को बिकवा दे तेरी तो हैसियत है नहीं तेरे को कोई जानता नहीं है कोई से नाम वाले कोई देख ले यानी अब ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो पॉपुलर है मार्केट में उसे सब जानते हैं तो वो क्या करेगा बिकवा देगा सिंपल सी बात है आप प्रोडक्ट बनाओ बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़ा बना लो आप कोई भी प्रोडक्ट बना लो नहीं बिकेगा लेकिन एक ऐसा बंदा पकड़ लो जिसकी मार्केट में पकड़ है सबको जानता हो तो एक दिन में खत्म कर देगा सारा माल आपका तो ऐसे ही इसको बोला से भी भाई एक काम कर तू एक ऐसा व्यक्ति पकड़ ले जो कि तेरे शेयर को बिकवाने में मदद कर ले तो जो XYZ वाई लिमिटेड है ना वो ऐसा पर्सन ढूंढेगा तो ऐसा पर्सन में ना सबसे ज्यादा जो पर्सन दिमाग वाला है वो है बैंक और भी होते हैं लेकिन सबसे मेन होता है बैंक बैंक के पास इतना सारा कस्टमर होता है हर कस्टमर को बोलेगा अरे इस कंपनी का शेयर लो बहुत ऊपर जाएगा मुनाफा होगा इनका काम ही होता है लोगों को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना जब ऐसा होगा तो बैंक वाले शेयर को बिकवा देंगे इसके लेकिन बैंक वाला शर्त रखेंगे कंडीशन रखेंगे भाई मैं ऐसे क्यों करूं क्यों सर दर्दी लू मैं तेरे शेयर बिकवाने के लिए मेरा क्या फायदा क्यों मैं ऐसा करूं तो कंपनी को बदले में इसको देना पड़ेगा सर कमीशन और कमीशन जो देना पड़ेगा ना वो देना पड़ेगा मैक्सिमम पांच परसेंट से ज्यादा भी नहीं देना पांच से कम में बातचीत कर लो अगर शेयर का केस है डिबेंचर का केस है तो ढाई से ज्यादा नहीं देना ये बात आपकी तो जो ये बैंक है बैंक क्या करेगा बताओ बैंक से डन हो गया 5% परसेंट कमीशन की बात तय हो गई तो बैंक को जो कमीशन मिलेगा ना तो अब इसके शेयर बैंक कितने बिकवाएगा सबको बोल बोल के बोल बोल के कितने बिकवा देगा पूरे पचास लाख जब ये पचास लाख का बिकवा देगा तो इसे पांच परसेंट कमीशन दे देंगे दट इज पचास लाख के ऊपर पांच परसेंट कितना होता है हा ढाई लाख ढाई लाख रुपए का बैंक को क्या दे देंगे ले भाई तू कमीशन ले ले अगर बैंक वाला ना नहीं बिकवाएगा ना इसका शेयर तो बैंक वाले को खुद ही खरीदना पड़ेगा भाई ऐसी कैसी गारंटी ऐसे तो कोई भी आ जाएगा इधर उधर से तो मैं बिकवा रहा हूं मेरे को दे कमीशन और लास्ट में बोले बिकाएंगे तो शेयर कोई मतलब थोड़ी बनता है तो जब इसको हम कमीशन देने की गारंटी देंगे ना बैंक वाले को तभी लिखवा लेंगे भाई अगर बेचना ही बेचना है नहीं बिकेगा तो तू मरेगा तू देगा सारे पैसे मेरे को तो पचास लाख रुपए मैं तेरे को ढाई लाख कमीशन दूंगा साढ़े सैंतालीस लाख रुपए मैं तेरे से ले लूंगा बात खत्म और मुझे नहीं पता तू बेच चाहे मत बेच तो ये एक तरीके से इस कंपनी के सारे शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी ले रहा है जो किसी कंपनी के शेयर्स को बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसी को बोला जाता है अंडर तो आप समझ में आया अंडर कौन होता है जो किसी कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है उसको बोलते हैं क्या अंडर राइटर. तो सर अंडर को क्या मिलता है बदले में ऐसा क्यों करता है ये उसे मिलता है कमीशन अब कमीशन दो तरीके से दिए जा सकते हैं या तो पैसे में दे देंगे या बोलेगा तेरे को शेयर ही दे देते ना अपनी कंपनी का वो डिपेंड सिचुएशन पे तो सर अंडर का हो जाता है कमीशन तो सर अंडर को देना पड़ता है क्या सर इंडिया में बहुत सारे बैंक है आईसीआईसीआई बैंक बहुत सारे बैंक ये काम करती है और वो इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी इसलिए भी ले लेती है क्योंकि आपको पता है उसके पास बड़ा सारा पैसा है कमीशन देना पड़ेगा तो सबसे पहले उसे कमीशन देना है अंडर को तो ड्यू करेंगे एंट्री क्या होगा अंडर कमीशन अकाउंट डेबिट खर्चा है भाई मेरे लिए और टू अंडर सर लाइवलिटी ये पैसा तो दोगे ना तो इसलिए टू अंडर सर कितना देना यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं ढाई लाख तो यहां पे होगा बींग Underwriter commission due समझे बात Underwriter commission due अब पेमेंट कर देंगे बोलेंगे अंडर राइटर टू इक्विटी शेयर इट मे बी एट पार और प्रीमियम और डिपेंड करेगा प्रीमियम पर होगा तो नंबर निकाल लोगे आप लो जी अंडर का कॉन्सेप्ट खत्म अब लास्ट में एक एंट्री करना चाहते हो पी एंडल में भेजने के लिए तो कर सकते हो ऑप्शनल है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू अंडर कमीशन ये ऑप्शनल है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने की है बीइंग under underwriter commission transferred to pnl or ye being share issue to underwriter समझ में आई बात किसी को दिक्कत बताइए फिर लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे किसी को दिक्कत है तो बताइए लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे प्रमोटर मैंने देखो सारे एग्जांपल करा दिए अगर आप सही से क्वेश्चन सवाल को पढ़ेंगे तो मतलब ही नहीं कि आपका सवाल रुक जाए किसी को डाउट बताइए साहब किसी को डाउट चलिए आगे चलते हैं क्लियर है चिंटू फर्स्ट केस समझा दो अभी बता देंगे दोबारा रिविजन एक बार लेंगे ना क्विक रिविजन अगला पॉइंट सर अगला पॉइंट पे भी टिक मार लेते हैं ये भी डन लास्ट पॉइंट बच गया परमोटर